ले के पास ने एक बुढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ दू तो हजरत साहब ने कुछ दो चार पांच महीने रखा तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि तू बेवा है बेटा तेरा यतीम है मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त आया हो ये पढ़ने पुढ़ने वाला कोई नहीं सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते अब यहां वाला माँ बैठे है मैं बेअब भी ना ना हो जाऊं कुछ पूरे आठ साल लगा के भी आ जाते सनद भी उनके पास होती है नाराज ना हो जाना ये तो सब अच्छे लोग हैं सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता ये आला हजरत ने बात सनद होती है पूरी डिग्री होती है उस पर कई लोगों के साइन भी होते तो बहुत सारे तालब इलम ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फ़लाह हूँ लेकिन कोई शह पास तो मौलाना सरदार अहमदा मुहद से आदम पाकिस्तान रम्मत ला बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कोंद देना पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं तो तीन है कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्स किया तो वापस ले जाओ बूढ़ी अम्मा रोने लग गई कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी मैं तो आपको रब का वली समझती मैं तो नौकरी कराने लाई थी नौकरी हजरत बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी तो हजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि यारसुल्ला पढ़ा दे हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं ये नहीं कहा था मुजाहिद बना दे ये थोड़ी कहता कि कि यारसूल अल्लाह सल्लाह तसलम इसे मुफसर मुहदस मुहब्ती मुफ्ती बना दें की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा ये घर के काम काज करेगा ड्यूटी करेगा हजूर ये ये आपकी नौकरी करेगा तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी अल्लाह इसे बरकत अता फरमा तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है जितना जयका खिदमत वाले को मिलता है जो उसके नसीब में आता है वो किसी का नसीब कहां भाई हजरत कहते हैं, ने दुआ कर दी बरकत की मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी पर लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता था मेरे बाग में दो दफा लगता था हजूर ने दुआ कर दिया अल्लाह इसे औलाद दे फरमाते हैं, मेरे बेटे मेरे पोते मेरे नवासे मेरी बेटियां फरमाते हैं, मैं जिंदा हूं और मेरी सौ औलादे मौजूद हैं परेशान हो गया सौ सुन के के बच्चे दो ही अच्छे सौ लादे मेरी मौजूद है हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूं कि आप मेहरबानी करें खिदमत कराए तो हजरत जी कहने लगे को ऐसा काम ही नहीं खिदमत वाला क्या कराऊ कहने लगी पट्टे पवा लिया करो जी हम लड़ पे कहने बच्चे काम कर देने मदरसे का हालांकि अब कहा बच्चे काम करते हैं अब तो गुजर गया तो अब तो बच्चे काम कराते हैं अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं घोर घूर के देख रहे हैं सही कह रहा हूँ आपको बच्चे काम कराते हैं बच्चे क्या काम करते हैं। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी को तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है तो जा, ले जा कहने लगी हाथ बांध के हजूर मेहरबानी करें रख ले चारा डालेगा और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को रोने लगी हजरत ने रख लिया महीने का खर्चा भी देते शाम को ना वो सारा दिन काम करता शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता हजरत जी लाए तेल थोड़ा सा पैर ना दबा दूं, आठ साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं और मैं यार मनाने दा टांग भी नहीं कभी कभी ना हजरत बिल अबशी फारग होते ना तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ करते हु कोई काम तो नहीं सारे हो गए हजूर जाऊँ जरा चले जाते एक दिन सलमान फारसी कहने लगे यार सुल्लाह ये बिलाल कहा जाता है फरमाया जा देख के तो आ हजरते सलमान वापस आए तो आके रोने लगे कहने लगे सोनिया, जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देती बीबी साहबा के काम करने लगता है घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है वहां भी काम यहाँ भी काम वो चारा डालता रहा उसने चारा डाला हजरत महदूस आजम की बैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया सारे पगड़ियाँ सजा के आ गए आज दस्तार होगी ये ना पीछे होके बैठ गया चूंकि पढ़ाई नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा हमने तो पढ़ाई नहीं हमने तो यार पढ़ा घर पढ़ा ड्यूटी करी हजरत मोहद्द आजम रे के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया मत जानला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदलता है ना वो कहते है, जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा है तो है कोई शायद नहीं तो ये माजरा क्या है पीछे से उठ के आए कहते तो हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की किसी सूफी ने की लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मोहद आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए ये सारी दस्तार मैंने करनी है और फरमाते हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे माथा भी चूमते थे अफर्माते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है जाएगा तो नहीं तो रो पड़ा कहने लगा सोड़ा जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो आता जाता तो है कुछ नहीं मुझे किसने रखना है मैंने कहाँ जाना है इधर कहाँ तू तो इधर ही रहूंगा वो उसबिल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं पर जो मसला अड़ जाता था ना वो जो अड़ जाता था ना वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी यार रसूल नहीं है, मैंने की यार रसूल मेरी बच्ची बड़ी बीमार है तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है ये बना के तैयार करके दो सही हो जाएगी बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है इसको तैयार करके दो थोड़ा नशा है अगरचे बाज मैंने शुरू में कहा बाज लोग मरीज को सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं मोहतात उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते हैं। लेकिन उसने कहा जी मेरा नशा देना है शिफा के लिए तो तुमने सलमा कहती है मेरे नबी पाग ने मेरी तरफ देखा मेरी तरफ तो मैंने कहा कही यार्ला आप क्या फरमाना चाह रहे हैं तो नबी पाक ने फरमाया सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है कभी नापाक चीज में भी कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है शिफा क़रीम ने रखी है परी हुई है शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है तो इसमें भी कभी हजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती तो उम्मत कितनी दलेरी करती है जो तो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है शराब है तो खांसी चली जाएगी तो फलानी बीमारी चली जाएगी ना ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो और ना ऐसी बातें करो जिससे इरशादात की मुखालफत हो मेरे नबी ये पाक सल्लाम ने फरमाया और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी अब तो मैं तजिए में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब ऐसी लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते, है, कार रहते है। हैं कार भी चलाते रहते हैं, हैं कहते जी नहीं हमारा नहीं हुआ तो ये वाली सही है नशा नहीं लाती मेरे नबी पाक सी मकदार भी हराम है जिसकी ज्यादा मकदार हराम है उसकी थोड़ी भी तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी मेरे नबी ये पाक सल्लाम ने मना किया और हुजूर ने इजहारे नापसंदीदगी फरमाया और मैं चालीस दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वाली जब तक सच्ची तोबा ना करे ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता मैं ये बात कर रहा हूं सूफिया का तर्जुमान दरबारों पर मजारों पर ओ सज्जादा नशीनो तुम्हें जमीन निगल जाए आसमान तुम्हें ले उड़े तुम पर कहर नाजिल हो तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया माओ से बेटे छीनने लगे हो औरतों के सरों से कपड़े छीनने लगे हो सुहा मारने लगे हो बेटियां और बेटे यतीम करने लगे हो नशा बेचते हो दरबारों और मजारों पर ये तमाशा लागे आप कैसे करूं ये बात पर करनी पड़ रही है मजबूरी है ये मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता बंद कर दे वो दरबार हमें नहीं चाहिए जिन दरबारों पे नशा बिकता है मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं बात रिकॉर्ड हो रही है जूते की नोक पे वो सजादा नशीन जो उम्मत को ड्रग्स देता है वो वो सजादा नशीन का डेरा नहीं वो गंद का अड्डा है वहां से फैज नहीं मिल रहा उम्मत की तबाही हो रही है बता दो फैला दो इसको इतराज करने करो मेरे रसूल पाक सैद आलम सलम का दीन जरूरी है किसी पीर की सज्जाद की जरूरी बोलिए सज्जाद की जरूरी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और नुमाइंदगी कर रहा हूं अपनी जमात की ना हमारे बुजुर्गों ने कल इसकी हिमात की थी ना आज करते हैं ना कयामत तक करेंगे बंद कर दे वो दरबार और मजार बुजुर्ग दुनिया में यह काम करने आए थे और हमारी सोच इतनी गिर गई है इतने हम कमजोर हो गए कहते हैं जब उसको चढ़ जाती है तो फिर बड़ी मारफत की बातें सुनाता है तुझे शर्म नहीं आई अल्लाह कहते हुए अब नशे ही तुझे मारफत सिखाएगा अब तू शराबी से भंगी चरसी से दीन सीखेगा कहते हैं उसने पी हुई थी चढ़ी हुई थी बात कर दी तो मेरा काम बन गया इतनी गंदी और मैली सोच साहब ईमान की होती है तो नशेयों से जाकर दुआ कराएगा सुन मेरे नबी ये पाक सल्लाम ने फरमाया जो शराब पी ले नशा कर ले उसकी तो 40 दिन तक इबादत रब कबूल नहीं फरमाता तू कहता चढ़ी हुई थी तो उसने दुआ कर दी तुझे शर्म ही नहीं आई बात करते ही नहीं किया तू ना जुमला बोलते ये कुछ तसव्वु फर तरीकत है जाओ उठा के ले जाओ ऐसी कोई तस्वुफर तरीकत हमें नहीं चाहिए हमें वो वाली तरीका चाहिए जिसमें खुदा के कुरान की बात होती है और मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान की बात होती सल्लल्लाहु अलैहि तो भाई याद रखो ये कोई तरीका नहीं एक मजार है मुझे एक साहब कहने लगे आ जाए यहां भी फात्या पढ़े मैंने कहा यहाँ क्या है कहने लगे थे तो बाबा जी नशा बशा करते पर सुना लोगों की मन्नते बड़ी पूरी होती हैं मुझे जज्बात बड़े कम आते हैं मैंने उस आदमी को गिरबान से पकड़ मैं किधर आठा वो तो नशा करता था और तू जाता था तेरी ये कैसे ताकत हुई तूने तो मुझे, मुझे मशवरा दे दिया तू हमें कमजोर समझता है हम कमजोर ईमान के लोग हैं और मैं यहां कहूंगा नहीं नहीं मैं यहां नहीं जाता मैं वहां जाता हूं कोई, कोई कोई लगी लिपटी बात नहीं खरी बात तस्वु वो दरबार वो जहां कुरान पढ़ा जाए और रसमल्ला की अधीज सिखाई जाए बाकी कोई मतलब नहीं किसी किस्म का मैं दादा साहब कभी जाऊं ना जलसा करने किसी काम से किसी तकरीब में तो मैं दाता साहब के मज़ार पे नहीं जाता मैं कहता हूं यार ये जराना नहीं कि बंदा किसी काम आया था तो फातिया पढ़ ली वापस चलो गखड़ से स्पेशल आएंगे दाता साहब के मज़ार पे हाजरी देर और मेरे संगी गवाह है कि मैं स्पेशल टाइम निकाल के बहुत सारे काम छोड़ के स्पेशल जाता हूँ और मैं मुराद मारने नहीं जाता मैं दाता साहब का शुक्रिया अदा करने जाता हूँ मैं उनसे कहता हूँ आपकी मेहरबानी आप, आप यहाँ आए तो हमारे बड़े भी रसूल के गुलाम बन गए मैं तो सलामीदत तो का दर्जा ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मजार पर सलाम ना करें पर मजार दाता साहब का मजार ख्वाजा मोइन द्दीन अजमेरी का मजार गौ से आजम जेलानी का मजार मोहद्द मौलाना सरदार अहमद का मजार औ का मजार मियां शेर मोहम्मद शरफ का मजार रब करी के बंदों का बंगियों चरसियों के मजार नहीं होते और नाम इन मजारात के कायल है बिल्कुल कायल नहीं हम मैं थोड़े दिन पहले लाहौर गया था तो मैं कार में मियां साहब मियां शेर मोहम्मद शरफ का जिक्र कर रहा था मैं अपने दोस्तों से कह रहा था यार बहुत बड़ा बाबा हुआ है तो मुझे कहने लगा करामत क्या है मैंने करामत यह के सारी जिंदगी सुन्नत का दर्स दिया है तो मुझे कहने लगे आप कभी गए नहीं मैंने कहा मैं था और थोड़े दिनों के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा हम मजारा के कायलिया देंगे कायल है जोर से बोले यहां जाने के कायल है कोई यकीदा नहीं है हमारा नशा बिकेगा मजारों तस्वुफ पर तस्वुफ होगा वहां यह तरीकत होगी और मिलत पर रैम खाओ खुदारा अगर तुम्हारे कौमी इदारे कहते हैं रिपोर्ट करने वाले कि सत्तर लाख पाकिस्तानी नशा करता है तो क्या तुम्हें यह नहीं पता कि नशा बेचता कौन है क्या तुम्हें यह नहीं पता कि ड्रग्स का कारोबार कौन करता है अगर तुम्हें यह पता है तो क्या यह खबर नहीं तुम्हें कि इन रगों पर यह खून उतारता कौन है मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ नशे का आगाज नाराज तो नहीं हो जाएंगे बुजुर्ग नौजवानों को मैं लताड़ लेता हूं लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना सुन्नत है तो मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ ये यू समझ लिए खो खू गे हम दा गिला सो ले नशा सिगरेट से शुरू होता है सिगरेट से मैं तम्बाकू को आराम नहीं कहता ये फतवा नहीं दे रहा तम्बाकू का हुक्म वही है जो मूली का है जो कच्चे प्यास और लजन, लसन का है कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें मुंह साफ करें फिर आप आ जाए तो जायज है मकरू है लेकिन हराम है। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं तजिया निगारों ने लिखा है कि हमारे पंजाब के कुछ इलाकों में अब सिगरेट से निकाल के ना पहले भी भरते थे लोग उसमें बड़ा कुछ अब अब पता एक नया नशा ऐ अब उसके अंदर चश भी भरते हैं और चिपकली को मार के सुखा के खुश करके उसको पीस के वो साथ नशे के मिलाते हैं और उसका हाल ये होता है कि आदमी को ज्यादा नशा होता है और कहते हैं वो इतना गंध है कि वो आदमी किसी को दांत भी लगाएगा तो वो बंदा भी बीमार हो जाएगा क्या यहां लोग स्प्रिट नहीं पीते आपके मुल्क में और हम कभी सड़क पर जाते हैं तो नशे को देख के मजाक करते हैं। देखना मैं हारन लगाऊंगा तो गाड़ी के हारन से गिर जाएगा लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी माँ का बेटा है पता नहीं किसी बीवी का शौहर है एक हमारे दोस्त हैं बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फोत हो गया नशा करता था तो मैं तजियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के कहने लगे साहब बाकी सारी सिर्फ नशे से करो वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे यतीम ही थे मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतने कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी कोई दुआ करो कोई जल से करो ये खत्म हो जाए और कहने लगा अब मेरे, वो चला तो गया है। दादा-दादी इसके पहले कोई नहीं चचा है कोई नहीं जब तक तो मैं जिंदा हूं इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा कोई कपड़ा मिल जाएगा लेकिन सोचता हूं मैं बूढ़ा हूं मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी कौन इनकी खबर इतना जुलम इस कौम से इतनी ज्यादा और आराम से लिखकर लोग गुजर गए सत्तर लाख है इनका दर्द तो समझो तकलीफ तो समझो सात फुट का सोना जवान और नशे का आदि है तो किसी नाली में पड़ा हुआ है और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा कोई दानशवार था, था बड़ा जालिम उस जालम से कोई मशवरा लेने आया उसने आके कहा तू बड़ा जालम है बड़े कड़वे मशवरे देता है मेरा एक दुश्मन है मैं उससे बदला लेना चाहता हूं मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दू ताकि वो तड़पे तो ने कहा उसे कत्ल न कर वो तो उसका बाप दो चार महीने रो के चुप कर जाएगा फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूं मशवरा दे तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा रोज जियेगा वो मार रोज मरे दिएगी नशे पे लगा दे इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया ड्रग्स पे लग गया इतने तबाह हालात हुए कि जवान चढ़ती जवानियां अम्मा ने किताब दे के भेजा था और काले से वापस आए तो नशे के टीके हाथों में पकड़े हुए टीके और आपके इस मुल्क के इस्लामाबाद में एक मीडिया ने वो खबर भी वायरल की और वो चीज भी दिखाई लोगों को तीन महीने का बच्चा लेके नशा सड़क पे आ गया उसने कहा मेरा नशा खत्म हो गया मेरा बच्चा खरीद लो दो पुड़ियां दे दो तो वहां बीबियां जो सुन रही थी वो भी चीखे मार के रो रही थी ये जुल्म किया इस कौम के साथ और करप्शन की लानत ने इजाजत दी सप्लाई करने वालों को के गली गली बेचे गली गली इन्होंने कुछ थोड़ा जुल्म नहीं किया इन हुक्मरानों ने और हमारी ऑपोजिशन उसको ना सिर्फ इतना पता है कि ये जाए और हम आए इससे ज्यादा कोई गर्ज नहीं भाई करप्शन के खिलाफ निकले हो तुम नशे के खिलाफ किस दिन निकलोगे जुए के खिलाफ किस दिन कौन तो मर रही है नशे से इसके खिलाफ मैदान में कब आओगे सिर्फ इतना है कि ये जाएं और हमारी बारी आए इससे ज्यादा कुछ नहीं जितने मुजरम वो है उतने ही तुम बनते जा रहे हो